बता देना सबको कि मैं मतलब ही बड़ा था हर बड़े मकाम पे तनहा ही खड़ा था मेरा सब बुरा भी कहना अच्छा भी सब बताना मैं जब जाऊँ इस दुनिया से तो मेरी सुनाना दासना